नहीं अच्छा सब लड़के लाल कलर लाले का चेंज होना चाहिए लिबिस्टिक नहीं नहीं नहीं चेंज नहीं होना चाहिए इधर से आप लोग बोलिए चेंज नहीं होना चाहिए ना क्या लाल लाली अच्छा लगता लादा ने, है ना? नो हो चलिए दा okay. yeah. okay. बोला